नमस्कार दोस्तों दिनमेंट चैनल में आपका स्वागत है आज बात करते हैं हमारे आइडियल पर्सन मिल्खा सिंह जो एक धावक थे इनका जन्म 20 नवम्बर उन्नीस को गोविंदपुरा में हुआ था जो आज पाकिस्तान में कुछ बात करते हैं इनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में उन्नीस में एशियाई खेलों में 20 मीटर से चार मीटर के स्वर्ण पदक भी जेता सन 1962 में भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहे मिल्खा सिंह भारत के सबसे हैं तो सन 1960 और 1964 में ओलंपिक भारत के प्रतिनिधित्व किया है नए कीर्तिमान स्थापित किया है एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है जो 40 सालों के बाद मिल्खा सिंह के हाथों से ही टूटा है प्राइमरी लाइफ के बारे में मिल्खा सिंह अपने माँ बाप के पंद्रह संतानों में से एक थे लेकिन भारत के विभाजन के बाद दंगे दंगों में अपने परिवार को खो दिया था वह अपने गांव से ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए वह अपनी बहन के घर और कुछ शरणार्थी शिविरों में रहे लेकिन उन्होंने सेना में भर्ती की उम्मीद नहीं तोड़ी और आखिरी तक चार साल उन्होंने चार बार ट्राई किया और उसके बाद उन्नीस में सेना में भर्ती हो गए बचपन में वह स्कूल से घर की दस किलोमीटर की दूरी दौड़ कर तय करते थे इसलिए सेना में भर्ती के बाद उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई सेना से धावक बनने का सफर सेना से विशेष ट्रेनिंग के बाद कई मेडल और पदक जीते इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी सन उन्नीस में पाकिस्तान के धावक अब्दुल वासित। अब्दुल अब्दुलवासिद पाकिस्तान का ऐसा धावक था जिसका रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था वह मिल्खा सिंह खूबी हल्के में ही ले रहा था लेकिन कहते ना कि जैसा सोचते हैं वैसा होता ना नहीं है अब्दुल दौड़ से पहले तक अपने आप को बहुत पावरफुल व्यक्ति समझ रहा था लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा होता नहीं है रेस तो रेस है कुछ भी हो सकता है रेस के इस आखिरी वक्त तक दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिकी हुई थी रेस फिनिशिंग लाइन इतनी करीब थी कि कोई भी जीत सकता था लेकिन फिनिशिंग लाइन से ठीक पहले मिल्खा सिंह मिल्खा सिंह के पैरों की मांसपेशियों में अचानक खिसियाब होने लगा इसलिए मिल्खा सिंह फिनिशिंग लाइन पर ही गिर गए और अब्दुल लाइन क्रॉस कर लिए थे लेकिन जज ने यह डिसीजन देने से पहले अलग अलग एंगल से देखा कि कौन विनर है और कौन नहीं मिल्खा सिंह की रनिंग टाइमिंग 2.16 थी और अब्दुल वासिद की 2.17 सेकंड का समय पूरा किया था यह एक ऐतिहासिक जीत थी मिल्खा सिंह के लिए और ऐसे ही खेलों में अपना स्थान बनाने के लिए सबसे अच्छा मौका था और उन्होंने यह साबित कर दिया था मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं लेकिन वो आज हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है और मिल्खा सिंह की यादों में कुछ शब्द सागर की पंक्तियां सुनाना चाहूँगा मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे नमस्कार दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें नमस्कार दोस्तों